तू व मिसाल है तेरी क्या मिसाल दूँ आसमां से आई है यही कह के टाल दूँ फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है हाथों में रंग लेके हवा में उछालू खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता हो इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता